आ, सभी को नमस्कार मेरा नाम है मोनू झा आप देख रहे हैं मोनू के ब्लॉग्स तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम जाने वाले हैं रामपुरा और रामपुरा का काफ़ी का फेमस आ, मतलब वहां का किला है तो हम वहां जाके आपको किला दिखाएंगे और अगर आपको आ, मतलब वहाँ पर जो हम जाएँगे वहाँ पर क्या है राजा रहते हैं तो अगर वो मतलब वहाँ पर रहे तो वहाँ के जो गार्ड वगैरह होते हैं तो वो लोग क्या अंदर जाने नहीं देते अगर अंदर जाने की अनुमति मिलती है तो हम आपको अंदर जाके दिखाएंगे क्योंकि वहाँ पे जो राजा हैं वो वहीं पे रहते हैं इस वजह से वहाँ का रखरखाव बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है देखने में भी काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि हम बहुत टाइम पहले गए थे तो चलिए हम आपको दिखाते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे हम आ चुके हैं रामपुरा के किला के पास और ये किला का फर्स्ट गेट और यहाँ पे देख लीजिए हम अभी अंदर चलते हैं और अंदर चलने से पहले यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है तो यहाँ पे लिखा इंडियन गैस राजा छत्ता सिंह इंडियन गैस सर्विस किला रामपुरा जालौन तो और इस किला के जस्ट बगल में लेफ्ट साइड में ये कॉलेज है ये इंटर कॉलेज यहाँ से दिख रहा है ये इंटर कॉलेज बट यहाँ पे जो बोर्ड था तो वो क्या धूप से ख़राब हो गया है तो इसका नाम सही से समझ में आ नहीं रहा तो आप इसके लिए आप प्लीज़ गूगल कर सकते हैं तो चलिए हम क़िला के अंदर तो चलिए दोस्तों हम किला के अंदर आ चुके हैं और क़िला का कुछ इस तरीके का नज़ारा है जैसे कि आप ये फोर व्हीलर देख रहे होंगे हमने यहाँ पे पता किया है तो राजा जी यहाँ पे हैं और उनके गार्ड द्वारा हमें पता चला है तो फिर यहाँ तो अंदर जाने की अनुमति तो खैर नहीं मिली है और आप बाहर से देख सकते कुछ इस तरीके का किला है और यहाँ पर जो टिकट वगैरह है वो भी नहीं लगता हमने यहाँ से बात करी है पूछी है तो टिकट वगैरह का तो कुछ है नहीं यहाँ पे सिस्टम हालांकि यहाँ पे एक इंडियन गैस भी खुली है आप दिखा सकते हो तो एक ये यह यहाँ पर इंडियन गैस है और उसके अलावा यहाँ पे जो अंदर का किला है तो वो गेट यहाँ से है तो दोस्तों हम वहाँ से बस ये सूट करने के बाद हम बस वहाँ से निकलने ही वाले थे तब तक तो वहाँ पर एक अंकल जी मिले तो उन्होंने ये बताया कि अभी आप आए हो तो अभी क्या है यहाँ पे राजा हैं इस वजह से आप अंदर का सूट नहीं कर सकते हो बट उन्होंने एक टाइम बताया है कि आप उस टाइम पर आएं तो यहाँ का हम अंदर तक का आप सूट आपका सूट करवा देंगे और उन्होंने फ़िलहाल एक मतलब रास्ता बताया है कि उसके ज़रिए आप बाहर का व्यू ले सकते हो जैसे कि आपको मतलब जो मुख्य मतलब है नहीं किला तो आप उसकी फ़ोटो वीडियो वगैरह ले सकते हो तो उन्होंने एक रास्ता बताया है वहाँ से आप ले सकते हो और बताया है जब राजा जी कहीं जाते हैं आते हैं तब तो उतने टाइम में हम आपको अंदर का घुमा सकते हैं तो उस हिसाब से उनने जो टाइम दिया है उस टाइम पे हम पहुँचेंगे तो चलिए हम वो रास्ता आ, आपको दिखाते हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो अंकल जी ने हमें बताई थी तो हम उस जगह पर आ चुके हैं और यहाँ से काफ़ी अच्छा किला दिख रहा है और पूरा किला दिख रहा है और काफ़ी ऊंचाई भी है यहाँ की और आप देख रहे होंगे ये गाड़ी जो नीचे खड़ी है वो राजा की है जैसे कि हमने लोगों से पूछा तो वो यही बता रहे हैं और देखिए कितना बड़ा किला है और कितनी सारी खिड़कियाँ हैं और ये ऊपर का जो पोर्शन है उसमें शायद राजा रहते हैं तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे और अंदर तो जाने नहीं दिया क्योंकि अभी परमिशन नहीं होती इस वजह से अंदर नहीं जा सकते तो अंकल जी ने काफ़ी हेल्प की और उन्हें बताया आप वहां से मतलब देख सकते हो तो हम वहीं से आप आप लोगों को यहां का दिखा रहे हैं और उससे पहले भी उनने बोला कि अभी तक भी आप यूट्यूब पे देख लेना इसके अंदर की वीडियो कहीं पर भी नहीं मिलेगी आपको अगर मिलती है तो आप बताना तो चलिए फिर देखते हैं और फिर यहाँ पे एक भैया मिले हैं तो वो कुछ जानकारी देना चाहते हैं चलिए हम उनसे मिलाते हैं आपको आ, अब बताओ हाँ तो आपका क्या नाम है भाई साहब हम सतन सिंह अच्छा अच्छा तो आप यहीं की रहने वाले जी यहाँ रामपुरा के अच्छा अच्छा तो ये रामपुरा का किला है जैसे हम घूमने आए हैं तो आपको यहाँ के बारे में क्या क्या जानकारी है क्या जानकारी चाहिए जैसे यहाँ के जो राजा थे तो वो अभी मतलब जो पहले थे वो उनका नाम क्या है उनके पिताजी का नाम सिंह अच्छा अच्छा राजा तो, चतर सिंह अभी जो मौजूद में है उनका क्या नाम है अभी ये केसवेंद्र सिंह है अच्छा अच्छा इनके पताजी का नाम है समर सिंह समर सिंह के पताजी का नाम है राजा चित्तर सिंह अच्छा अच्छा जी हाँ तो अभी यहाँ पे दो लोग है, है केसवेंद्र सिंह अभी और उनके पताजी है अच्छा समर सिंह अच्छा अच्छा जी हाँ तो ये रामपुरा का किला है और यहाँ पे ये दो लोग है तो यहाँ पे अभी अंदर जाने की तो अनुमति नहीं अवेलेबल अभी नहीं है अच्छा अच्छा तो ये लगभग आपको पता है कितना पुराना किला हो सकता है कम से कम सात आठ सौ आठ सौ साल पुराना अच्छा अच्छा तो यहाँ पे ये सब अभी यहाँ पे ये यह काम चल रहा है तो यहाँ पे क्या क्या काम चल रहा है जैसे कि आप बता सकते हैं अभी तो ऑफिस वगैरह बन रहे हैं टूरिस्ट वगैरह अच्छा जो आते है उनके लिए अच्छा बन रही है अच्छा जैसे की हम देख पा रहे हैं हम अभी इधर से गए थे तो वहाँ पे ऊपर क्या काम चल रहा था तो कारीगर वगैरह लगे हुए थे वहाँ पे हमने देखा तो वहाँ पर एक काम वगैरह चल रहा था तो यहाँ पे ऑफिस वगैरह बन रहा है जी हाँ तो आप ये बता सकते हैं तो ये जो पुराना मतलब ये क्या बना था यहाँ पे क्या है ये कुछ आप चल करके यहाँ पे पेड़ा रहती थी यहाँ पे अच्छा था गेट थे जो गेट थे यहाँ यहाँ पे लोग रहते थे सामने घंटा घर है अच्छा अच्छा हाँ नीचे नीचे हाथ हांत, हाथी घर है हाथी घर भी है हाथी घर है बगल में ये सामने बगल का नीचे यहाँ पे क्या हाथी रहते हैं नहीं हाथी अभी नहीं है फिलहाल तो अच्छा अच्छा हाँ बाकी जानवर वगैरह है मछली तालाब है यहाँ पे अभी जानकारी दी है तो इसके लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं तो आपका नाम क्या था नाम सतन्दर सिंह आप यही की रहने जी प्रॉपर ठीक है तो दोस्तों जैसे की आपने देखा ये भैया यही पे काम करते हैं और इन्होंने यहाँ के बारे में काफ़ी जानकारी दी और इन्होंने बताया कि जो राजा चित्तर थे उनके लड़के का नाम था राजा समरसिंह और समरसिंह के लड़के का नाम है किसविंदर सिंह तो अभी किसविंद्र सिंह और समरसिंह जीवित हैं क्योंकि अभी वो यहीं पे हैं और जो राजा चित्तर थे तो वो ख़त्म हो चुके हैं तो अभी मौजूद में ये दो लोग यहीं पे रहते हैं और यहाँ का कुछ नज़ारा इस तरीके का है आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे और और यहाँ पे लोगों ने बताया है कि वो शायद वहाँ पे भी जाते रहते हैं लखनऊ में भी रहते हैं तो लखनऊ में भी जाते रहते हैं तो हम अभी आपको ऑफिस यहाँ पे जो बन रही हैं यहाँ पर कुछ नया काम चल रहा है यहाँ के बारे में आपको दिखाएँगे तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग काम कर रहे हैं और ये वो जगह है जिसमें वो यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे थे यहाँ पे क्या है लोगों को रखा जाता था फिर पर्जा मतलब रहती थी पुराने टाइम के ये शायद घर थे यहाँ पे लोग रहते थे तो अब इनको हटा के ऑफिस वगैरह बनाया जा रहा है और यहाँ पे इंडियन गैस भी गैस की एजेंसी भी है तो लोग यहाँ पे आते हैं और गैस सिलेंडर भी बना के ले जाते हैं तो देखने में काफ़ी अच्छा लगा और हमने यहाँ पर काफ़ी तो चलिए बस यही था यहाँ का वीडियो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें